hello friends uh, i am live uh, again with another new session uh, as as i have said uh, today we are live on instagram and uh, youtube both uh, at the same time so you can check the session as uh, uh, i have pasted the instagram link as well on the youtube chat so you can check the this session later on on instagram and youtube as well so uh, let's start the session okay हेलो फ्रेंड्स गुड इवनिंग आई होप ऑल ऑल ऑल ऑफ यू आर आर वेल वेल, योर द सो आज का जो हमारा सेशन है आ, आ, वो मैं आ, अभी रिसेंट कुछ इंसिडेंट हुए तो मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक की बात करना चाहिए सो दिस टॉपिक जो मैंने आज से आज के लिए सिलेक्ट किया है दिस इज रिगार्डिंग नॉट द फर्क दिस इज रिगार्डिंग द जो pet देखा है मतलब बहुत सारे तो नहीं कुछ पैड पेरेंट्स को ऐसा देखा है जो अपने पैर को जब वॉक कराते हैं जब अपने पैट्स को वॉक के लिए लेके जाते हैं सो दे टेक देअर पैट्स ऑफ लीश ओके so uh, in public place जहाल एरिया है जहां पे, पे बहुत सारे पेट वॉकर्स या पेड पेरेंट्स अपने पेट्स को वॉक कराने आते हैं, stray dogs भी रहते हैं वहाँ एरिया में रोड साइड so वहां पर मैंने कुछ pet parents को देखा है जो I don't know uh, they think that uh, मतलब उनको शायद ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने pet को इतना अच्छा train किया है कि वो पब्लिक प्लेस पे ऑफलीश अपने डॉग को आ, ऐसे वॉक करा सकते हैं सो so, ऐसे कुछ पैड पेरेंट्स हैं जो मुझे तो ये आइडिया जो है थोड़ा सा स्टुपिड लगता है, है। इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा कि मेरे व्यूज ऐसे क्यों हैं सो so, कई बार मैंने ऐसे देखा है कि कुछ पेट पैन जो अपने जिनको लगता है कि और उनका पेट जो है वो पीछे या आगे थोड़ी दूरी पे चलता है एंड ही वॉक ऑन हिज ओन सो ऐसे केसेस में नॉर्मली क्या होता है कि उनको तो लगता है कि उनको अपने पेट पे ट्रस्ट है उनको अपने वो वो ही फैमिली उन्होंने पूरा अच्छे से ट्रेन किया है तो वो बड़े उससे uh, लेके जाते हैं सोसाइटीज़ में या रोड्स पे आप देखेंगे uh, मतलब मैं एक मैं एक इंसिडेंट बताता मेरे जहाँ पे पहले सोसाइटी में रहता था तो वहाँ पे मतलब उसी एरिया में अभी भी उसी एरिया में रहता हूँ बट वहाँ पे uh, एक uh, सो so, वो उनके पास एक जीएसडी है जर्मन शेफर्ड डॉग है डॉग सो so, वो अर्ली मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं एंड वो कैसे निकलते हैं कि वो उनका जो जर्मन शेफर्ड है वो उनके आगे चल रहा होता है और वो पीछे धीरे धीरे अपनी स्पीड से आते हैं तो मुझे ये कैसे पता चला क्योंकि वो नॉर्मली अर्ली मॉर्निंग सुबह पांच बजे निकलते हैं तो क्या होता था कि uh, मेरी बालकनी के डोर्स वगैरह में ओपन रखता था क्योंकि सारा सूफी जो है कई बार बालकनी में जाके भी सो जाते थे बालकनी डोर्स ओपन सो बैठना हो तो अर्ली मॉर्निंग में जैसे ही वो डॉग को वॉक कराने निकलते थे तो जो स्ट्रीट डॉग्स वो वॉकिंग चालू करते थे तो पहले एक दो दिन मैंने देखा कि स्ट्रीट डॉग्स एकदम से सुबह पांच बजे बाग करें नॉर्मली ऐसा कुछ होता है कि कोई अगर दूसरे एरिया का स्ट्रीट डॉग आ गया या कोई दूसरे एरिया का डॉग आ जाता है तो स्ट्रीट डॉग्स नॉर्मली बाग करते हैं आराम के लिए क्योंकि ऑब्वियसली उनके टेरेटरी में कोई नया डॉग आएगा तो वो या फिर कुछ ऐसा सस्पेक्टफुल ह्यूमन है वो भी अगर आ, पास बाय करता है तो भी वो भाग करते हैं तो आ, वो सुबह सुबह पांच बजे वो स्ट्रीट जो है सारे भाग करते थे तो मैंने एक दो तो दिन देखा तो फिर मुझे एकदम से वो आ, ओल्ड मैन दिखे एंड वो उनका डॉग जो है वो आगे वॉक कर रहा था एंड वो धीरे धीरे धीरे अपने स्पीड में आ, चल रहे थे सो आई वॉज लाइक कि दिस इज नॉट द थिंग क्योंकि एक तो जर्मन शेफर्ड है ठीक है आपने अपने पेट को अच्छे से ट्रेन किया है आपको लगता है कि आपका पेट अच्छे से ट्रेन है पहली बात तो अः आपका वो पेट है तो वो ऑब्वियसली आप पे रिलाई करता है आप पे डिपेंड करता है लेके जाते हैं ठीक है तो एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप उसको जब बाहर लेके जा रहे हैं वॉक पे या कहीं पे भी पब्लिक प्लेस पे लेके जा रहे हैं ठीक है कि आप वो कैसे वॉक कर रहा है वो किसी स्ट्रीट डॉग या किसी और पेट के साथ तो तो ज्यादा वो, वो उन, उन मतलब स्ट्रेंथ नहीं है जर्मन शेफर्ड को वो वॉक कराया और वो भी ऑफ लीच तो वो मुझे थोड़ा सा और मैंने फिर वो नोटिस करना चालू किया कि जब भी वो सुबह पांच बजे वॉक कराते थे, थे मेरी नींद खुलती थी एंड आई टू सी कि हाँ वो वॉक करा रहे हैं हैं और बाकी स्ट्रीट जो है वो वो डिस्टर्ब हो रहे हैं तो वो बाक करते थे सो so, अभी ऐसे केसेस में क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने अपने पेट को तो ट्रेन किया है लेकिन स्ट्रीट डॉग्स जो है या फिर दूसरा पेट अगर कोई है वो वहां से निकल रहा है वो ट्रेन थो ना वो तो एनिमल्स है ना आप आपको क्या लगता है कि आपने मतलब ट्रेन कर दिया तो वो देर नॉट उनको बोलोगे कि हाँ मतलब ऐसे चलना है या ऐसे अजनबी से दूर रहना है तो वो देर देर एनिमल्स राइट आप बोलोगे की अजनबी डॉग के पास नहीं जाना तो ऐसा नहीं होगा कि वो नहीं जाएंगे या आप आपके डॉग भले ही समझता होगा लेकिन दूसरे डॉग सो ही समझेंगे उनको तो लगेगा टेरिटरी में कोई नया डॉग आया ऑफ लिश चल रहा है और अगर वो ऊपर से भी उसमें अगर ऐसा हुआ कि वो अल्फा मेल है ठीक है अपनी टेरिटरी का जो भी जो भी स्ट्रीट डॉग्स होंगे उनका जो अल्फा मेल होगा अल्फा मेल इन द सेंस कि जो भी उनका जो ग्रुप जो उनका डॉग्स का ग्रुप है उसका जो मेन लीडर होगा जो मेल डॉग होगा वो ऑब्वियसली अपनी टेरेटरी में किसी और मेल डॉग को आने नहीं देगा ठीक है तो ऐसे केस में वो ऑब्वियसली बात करेंगे एंड सिग्नल देंगे की दे आर नॉट हैप्पी विद द डॉग एंट्रिंग इन देयर टेरिटरी एंड देट टू ऑफ लीच क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि कई बार पेड पेरेंट्स जो है अगर वो लीच पे लेके जाते हैं तो डॉग्स को इतना आइडिया लग जाता है क्योंकि ह्यूमन है उसके साथ तो वो नॉर्मली ज्यादातर पास में नहीं आते लेकिन अभी off leash चल रहा है और वो जो pet parent है वो पीछे आराम से चल रहे हैं अपना mobile देख रहे हैं या फिर धीरे धीरे चल रहे हैं गाने सुन रहे हैं जो भी है तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि आपका जो पेट है और या फिर स्ट्रीट डॉग्स अटैक करेंगे या आपका पेट हो हो सकता है उनके साथ फाइट में फाइट में में लग जाए जाए तो ऐसे केसेस में आपका पेट भी इंजर हो सकता है और स्ट्रीट डॉग्स भी इंजर हो सकते हैं आई एम अगेंस्ट बोथ ऑफ देम कि ना तो आपके पेट को कुछ हार्म होना चाहिए ना स्ट्री डॉग्स को हार्म होना चाहिए तो दिस सेशन में इसलिए आज मैंने ये सेशन का टॉपिक लिया क्योंकि कल मेरे एक फ्रेंड ने एक इंसिडेंट मुझे बताया कि ही uh, ही uh, तो uh, वो अपने डॉग को जो है रात में वॉक कराने के लिए निकल रहा था तो एक और uh, जो है ब्रॉडफीलर डॉग है उसी सोसाइटी में वो ऑफ रिश बा आया बिल्डिंग से एंड नॉर्मली दे यूज टू प्ले विथ ईच अदर तो वो एक दूसरे के साथ खेलते हैं अभी एनिमल्स है तो आप कभी मतलब गय, आप एकदम से आइडिया नहीं लगा सकते कब उनका मूड कैसा है हो सकता है वो आ, प्लेफुल मूड में हो बट स्टिल आपको आपको जो है वो जो है उनके ऊपर नजर तो रखनी पड़ेगी कि वो कैसे बिहेव कर रहे हैं दूसरे तो सो, जो दूसरा रॉटविलर था वो जो है ऑफ एकदम से आया पहले तो वो प्ले करने लगा और जो पेड पेर था वो पीछे से आ रहे थे So, uh, जो लर पहले प्ले किया और फिर एकदम से कुछ तो स्टिक uh, uh, कुछ तो मूवमेंट हुआ उनके बीच में कि रॉटविलर ने उस पे जो, uh, था, उस पे पे जो डॉग था ग्राउल किया और ऐसे चार्ज करने वाला था लेकिन हुआ नहीं ऐसा कुछ और इतने में वो पेट पेरेंट आ गए तो uh, मुझे ये इसलिए मुझे लगा कि ये चीजें जो है आई डोंट थिंक कि आप ओके ठीक है आप अगर ऐसे किसी एरिया में जा रहे हो जहां पे आप और आपके पेट के अलावा और कोई नहीं है अगर ठीक है अगर आपका पेट ह्यूमन फ्रेंडली है और वहाँ पे कोई और डॉग नहीं है तो आप ऑब्वियसली उसको ऑफ छोड़ सकते हो या ऐसा कोई एरिया जहां है जहाँ पे बाउंड्री है चारों तरफ और वहां पर और कोई डॉग नहीं है या फिर फ्रेंडली डॉग्स है सारे एंड यू आर अवेयर अबाउट दैम तो ऑब्वियसली आप ऑफ छोड़ सकते हो लेकिन जब आप वॉक करा रहे हो पब्लिक ओपन uh, एरिया में जहाँ पे स्ट्रीट डॉग्स भी है दूसरे पेट्स भी हैं तो ऐसे ऐसे जो ऐसे एरिया में जब आप वॉक करा रहे हो तो इट्स नॉट एडवाइबल कि आप अपने पेट को जो है ऑफली छोड़े ठीक है आपने आपने अपने पेट को बड़ा ही बहुत अच्छे से ट्रेन किया होगा लेकिन सामने वाला डॉग या सामने वाला ह्यूमन भी इनफैक्ट इन ऐसा भी हो सकता है कि आपका पेट जो है चल रहा है और सामने से से कोई ह्यूमन ह्यूमन ह्यूमन आया उसने प्लेफुल कर, प्लेफुल कर तरीके से या प्ले करने के के लिए वो पे कर वो पे जंप गया व्हाट इफ अगर हाथ में मतलब उसका दांत वात लग जाए या कुछ हो जाए तो ब्लेम तो आपके डॉग पे ही आएगा ना आपके पेट पे आएगा या फिर अगर वो आपका पेट और दूसरे डॉग्स जो है फाइट में इंडल्स हो जाते हैं तो आपका तो कुछ नहीं है लेकिन Blames, क्या होगा कि पेट पे आएगा या फिर स्ट्रीट डॉग्स पे आएगा और आप क्या करोगे स्ट्रीट डॉग को मार दोगे पत्थर एंड बोलोगे कि यार यहाँ के स्ट्रीट डॉग्स जो है अटैक करते हैं आपको ये नहीं दिखेगा कि आपने क्या प्रैक्टिस फॉलो की कि आप अपने डॉग को ऑफली शॉक करा रहे थे सो आई वुड सजेस्ट कि जो भी पेड पेरेंट्स है फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज वेरी बेड आइडिया ठीक है आप पब्लिक प्लेस पे हैं आप पब्लिक प्लेस पे हैं तो अपने पब्लिक प्लेस पे जब आपको पता है कि आसपास दूसरे डॉग्स हो सकते हैं ह्यूमंस हो सकते हैं एंड इवन दूसरे पेट्स हो सकते हैं तो अपने डॉग को ऑफ रीच वॉक मत कराइए जब जब भी ऐसा कुछ है जब आप एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में या एक ऐसे सेफ एरिया में जहाँ पे बाउंड्रीज हैं और जहाँ पे फ्रेंडली ह्यूम्स हैं आपके डॉग के साथ जो फ्रेंडली है वो हैं या फिर डॉग्स हैं जो फ्रेंडली हैं तब आप भले ही उसको ऑफ छोड़ सकते हैं या घर में तो ऑब्वियसली आप टाइम दिस इज नॉट एडवाइबल नॉर्मली ये भी फॉलो uh, uh, मतलब, करता हूँ कि मैं अपने पैट्स को जब वॉक कराता हूँ और मैं जब देख रहा हूँ uh, कि दो तीन पैट्स एक साथ हैं और उसमें से एक पैट मेरे पेट के साथ फ्रेंडली है एंड एक पेट जो है वो न्यू है जिसके साथ मेरे पेट फ्रेंडली नहीं है तो मैं जिसके साथ आपका पेट का इंटरेक्शन नहीं है आप, आप जाएंगे अपने पेट को लेके जो फ्रेंडली पैट है वो तो खिलने लगेगा इतने में जो नया पैट इंट्रेक्शन कर रहा है उसके साथ तो हो सकता है कि वो वो भी फ्रेंडली हो या ऐसा भी हो सकता है कि वो स्टार्टिंग में फ्रेंडली हो लेकिन एकदम से वो ग्रॉल ग्रे और सिचुएशन ऐसा हो जाए कि आपके लीश जो है वो टैंगल हो जाए याचुएशन की so मतलब वो फिर आप अपने पैट को संभालेंगे उसको संभालेंगे वो तो ऑफ लीश है वो ऑब्वियसली अटैक कर देगा या कुछ भी कर देगा तो ऐसे केसेस में सिचुएशन जो है आउट ऑफ एंड हो जाती है और कई बार जो है इंजुरी हो जाती है आपके पैट को हो जाती है एक रीसेंट इंसिडेंट मेरे सिस्टर के फ्रेंड के साथ हुआ कि अ, वो जो दो पेट्स थे वो आपस में खेल रहे थे और ऐसी कुछ खेल खेल में ऐसा कुछ हुआ कि वो एक पेट जो दूसरा डॉग था उसका जो है खेल खेल में या कुछ मोमेंट हुआ होगा या ऐसा कुछ हुआ होगा तो उसने जो मेरी सिस्टर के फ्रेंड है उनको बाइट कर लिया उनका दाँत लग गया तो ऑब्वियसली मतलब ये सिचुएशन जो है ऐसे सिचुएशन नॉर्मली अवॉइड करना चाहिए कि जहा पे ऐसे दो तीन पेट्स एक साथ आ रहे हैं और जहां पे एक पेट फ्रेंडली है बट एक पेट जो है वो नया है और आपको आईडिया नहीं है सो आई रिकमेंड तो मैं तो नॉर्मली अपने पेट्स को ऐसे मतलब ग्रुप में नहीं ले जाता भले ही मैं फिर बाद में जाके व्हेन द पेट इज अलोन तब मैं उनसे जाके ऑब्वियसली सोशल सोशलाइजिंग इम्पोर्टेंट होता है पेट्स के लिए तो मैं जो भी मैं मेरे पैर्ट्स के साथ फ्रेंडली है या जिनके साथ रोज हम वॉक पे मिलते हैं उनके साथ वो लोग मिलते हैं इवन स्ट्रीट डॉग्स के साथ मेरे साथली हैं तो सारे स्ट्रीट डॉग्स के साथ मिलते हैं लेकिन जहाँ पे मेरे को पता है कि वहां पे स्ट्रीट डॉग है जो फ्रेंडली नहीं है मेरे पैर्ट्स के साथ तो मैं वहां पे दूर से ही निकलता हूँ मुझे मतलब आई डोंट नो मुझे ऐसा फील होता है ये मेरा व्यू पॉइंट है आप डिफर कर सकते हैं बट मुझे ये फील होता है कि जो पैट पेरेंट्स ऑफली वॉक कराते हैं दैट्स नथिंग बट स्टुपड आइडिया और ये शो ऑफ करने का तरीका है कि हाँ हमें तो अपने पेट पे हमारा पेट तो इतना समझदार है कि भाई हम तो ऑफ वॉक कराते हैं और हम तो पीछे आराम से गाने सुनते हुए चलते हैं और हमारा पेट तो आराम से खुद से ही वॉक करता है हमको तो रीच भी पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती ये मुझे शो ऑफ लगता है ये स्टूपिड आइडिया है और एडवाइजेबल नहीं है ना आपके लिए ना आपके पेट के लिए न दूसरे डॉग्स के लिए न दूसरे पेट्स के लिए और न दूसरे ह्यूमन्स के लिए So, avoid ऐसे ऐसा करना Obviously, जब आप अपने में हैं तो उनको ऑफ लीच रखें लेकिन जब भी आप वॉक करा रहे हैं तो अपने पैट्स को हमेशा लीच पे रखें ऑब्जर्व करें वो जब भी किसी पैट्स के साथ मिल रहे हैं तो ऑब्जर्व करें क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब वो फर्स्ट इंट्रेक्शन होता है तो वो पहले पहले उनको सोशलाइज करने के लिए थोड़ा सा करने दीजिए जब आप थोड़ा सा थोड़े सा अगर वो ग्राउंड किया या उसने टीक निकाला है तो आप समझ जाइए कि नहीं ऐसा हो सकता है कि वो डॉग्स एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे हैं सो बेटर कीप देम एट डिस्टेंस मतलब वो फिर ज्यादा ये बताने की जरूरत नहीं कि हमारा पेट तो बड़ा फ्रेंडली है वो इतनी बहादुरी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप अपने पेट की रिस्पांसिबिलिटी ले सकते हो लेकिन सामने वाले के पेट सामने वाला का भी पेट है सामने वाले का भी डॉग है या सामने वाले का भी सामने वाला खुद ह्यूमन भी है क्या पता आपका पेट जो है ऑफ है और वो जम्प करके किसी ह्यूमन के ऊपर मतलब ऐसे खेलने के लिए ही सही लेकिन ऐसे कर जाए और उसको इंजरी हो जाए दाँत लग जाए तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा वो तो मतलब वो समझेंगे क्या रहे? आपका पेट तो ऐसा है और आप तो बड़े हैं कि आप शो करने के लिए, मतलब ठीक so है, मतलब है आपका पेट जो है जब हम बच्चों को भी वॉक कराते तो ऐसा नहीं है कि रोड पे हम ऐसे छोड़ देते हैं रोड पे आप अपने बच्चे को छोटा बच्चा है तो रोड पे आप छोटे बच्चे को ऐसे ही छोड़ देते हो कि उंगली पकड़ के चलते हो उंगली पकड़ के चलते हो ना तो फिर पेट को ऑफ आप पेट पेट भी है और वो एनिमल है ही इज नॉट ए ह्यूमन सो स्टॉप ट्रीटिंग योर डॉग एज ए ह्यूमन की हाँ हम तो उसको खुला छोड़ देते हैं और वो तो बड़ा आराम से वॉक करके आता है हमारा जनमन शेफड़ या हमारा जो भी डॉग है ठीक है this this is not, uh, this is not not uh, something that a pet parent दिस इज नॉट दिस इज नॉट समू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर पेट एंड फॉर इवन फॉर स्ट्रीटो ये चीज बहुत गलत है अभी uh, मैंने वही incident देखे हैं जब मतलब सुबह सुबह के टाइम पे भी even सुबह भी जब आप walk करा रहे हो और आपका pet जो है off leash है तो street dogs तो है ना अगर किसी street dog में आपके pet आप पीछे चल रहे हैं ठीक है आप गाना सुनते हुए चल रहे हैं या आप नींद में है आपका पेट आगे चल रहा है और किसी स्ट्रीट डॉग जो साइड में बैठा हुआ है अंधेरे में ठीक है अब वो स्ट्रीट डॉग ने उस पेट को देखा और एकदम से अटैक कर दिया फिर क्या करोगे आप आप तो सीधा एक पत्थर उठाओगे स्ट्रीट डॉग को मार दोगे और बोलोगे कि यार यहाँ के स्ट्रीट डॉग तो बेकार हैं पेट्स पे अटैक कर दे बट ये गलती नहीं बताओगे की आपका पेट जो है ऑफली कर रहा था सो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर पैट फॉर अदर्स एज वेल स्ट्रीट डॉग एज वेल and for humans as well and don't do this stupid things like walking your pet uh, off leash okay obviously do it when you are in your private space jab aap apne ghar pe hain ya fir aise aise surrounding usme hai jahan pe jo bhi humans ya dogs hain ya jo bhi hain wo aapke pets ke sath friendly hain already to wahan pe aap obviously off leash rakhiye and enjoy the company of your pets obviously uh, that is something you should do so okay uh, that's that's the सेशन फॉर टूडे आई होप जो भी पेट पेरेंट्स ये प्रैक्टिस करते हैं कि अपने पेट को leash walk कराते हैं public place पे uh, they should stop doing it and they should understand why I am saying this there is nothing against कि ऐसा ऐसा कुछ नहीं है ठीक है we all love our pets we all love our animals and all so we should be responsible enough to understand these things and stop doing these things that can harm others okay uh, it's a valentine week is going on so i wish you all a happy valentine and spread love with your humans and your fur kids your stray kids uh, celebrate this valentine with your fur kids give give them lovely gifts give them treats and spread the love with stray dogs as well okay Uh so this is me signing off good night